वैसे भी हम जा रहे हैं। बुला लो गौरव को गौरव को यहाँ हमको आ? उसका बिल्कुल भी भरोसा नहीं है और वैसे भी रूम देख के ना लड़का लोगो है? है। तो की <laughs> अरे यही तो हम उनको बोलते है की एक बार शादी हो जाए उसके बाद जो मन में आए कर ले समझ रहे वो नई नई तरकीबे सुस्ती रहती है उनको की कहाँ हम अकेले मिले और वो हमें धर ले तो दीप्ति जी करना तो तुमको भी है तो फिर ये शादी का नौटंकी क्यों कर रही हो हैं अरे हम नहीं चाहते हैं ना कि उनको पता चले क्या कि हम यही की तुम वर्जन नहीं हो क्या बोला और उनको पता चल जाएगा तो तुमको छोड़ देंगे वाह देखो एक बात बता देते हैं ये प्यार व्यारिश है ना ये पहले के जमाने में होता था अब तो सिर्फ पलंग हिलते हैं अब कुछ भी कुछ भी अब तो कोई वर्जन होता ही नहीं है तो तुम्हारे वर्जन होने या नहीं होने से कोई फर्क नहीं पड़ता बाकी भाई तुम देख लो तुम्हारा सामान है तुमको देना है तो दो, तो, वरना घास कितनी है। देख लिया अब कर दो सब्सक्राइब पैसा थोड़ी नहीं लगता है कर दो ना भाई सब्सक्राइब